जो कुछ है संसार में जो कुछ है संसार इसी कथा में कह दिया वेदव्यास ने सा याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम विदाले रहे आज हम करते हुए युगो से नए युग का करे स्वागत करे स्वागत करे स्वागत की है कहानी आ, आ, सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ये की विश्व ये विश्व भारती है वीरों की आरती है पुरानी